टाटा अपने नए ऐप टाटा नियो से अपने सभी कम्पटेटिव यूपीआई ऐप को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है टाटा नियो ने टाटा में जितने भी कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड जैसे कि बिग बास्केट वन एम एयर इंडिया टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे कई टाटा ऐप्स का एक्सेस अपने इसी एक ही ऐप में दे दिया है यहाँ तक की आप इस ऐप के जरिए कुछ भी खरीदते हैं तो एज ए रिवार्ड आपको यहाँ न्यू क्वाइंस मिलेंगे यहाँ एक न्यू क्वाइंस की कीमत एक होगी और इस नियो क्वाइंस को आप टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय रिडीम कर सकते हैं टाटा की स्ट्रेटडी नेक्स्ट लेवल की है क्योंकि उन्हें मालूम है एक बार आपके पास नियो क्वाइंस आ गए तो आप इन क्वाइंस को रिडीम करने के चक्कर में टाटा के ब्रांड से ही खरीदारी करेंगे और इस तरीके से टाटा अपने दूसरे सभी कम्प्यूटर को पीछे छोड़ देगा ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद